जाटा ने तो प्यारोलो जाट जाट ऊपर मर करे मरबाबो बोलो नाथ हलो चारी बेलिया तेजल तेतो दीजो साथ करती मारी मावड़ी तेजो है भगवान के साथ सब सुफर राम रामे, रामे। बिजनेस चाल मोटा कर खेती को काम तो जाट को चोको गां खेती बड़ी को को काम है, देश भरिया में बनकर रेवा सेठ सा रकम मोर्ती सागे मेसी माखी शान है धरती मारी मावड़ी ते जो है भगवान है मिले खेता और ना माये जाट देश की खात्र ए तो बॉर्डर ऊपर जाए दुश्मन भी घबरावे उदड़ ले वेहे खाल धरती मारी मावड़ी जो है भगवान की गणी सोहनी लग है नीलणी उपर बेटे जो प्यारो प्यारो लग है महर राकी तेजलू है की शान कि मारी मावड़ी तो प्यारो लगते जो तोड़ो जाट जाट ऊपर मैर करे मर बाबो बोलो नात हेलो प्यारी बेलिया तो तेजल तेजो तीजो साथ धरती मारी मावड़ी तेजो है भगवान